तो वैसे अभी रात के 12 बज चुके हैं वहाँ पे बहुत पटाखे फूट रहे थे और आई थिंक बाहर भी फूट रहे हैं एक बार चल के देखते ओके तो अब बाहर चल के नहीं देख सकते क्योंकि मतलब कि नहीं फूट रहे पटाखे और दरवाजे भी बंद करके रखा है मम्मी ने तो यस पर न्यूज और सुबह उठ के हमें जाना है यहाँ की एक पास वाले मंदिर में भी और ये अगर मेरी साइकिल बन बन चुकी होती होपफुली अब तक तो तो मैं साइकिल से ही जाता और जब साइकिल बनेगी तो भी मैं व्लॉग बनाऊंगा एक बार पर एनी अब मैं सुबह मिलता हूँ आपको जैसे उधर भागी जा रही है एकदम ब्रेकअप रह तो हम करेंगे निकाल एक दो करके बंद हो जाएगा मैं फास्ट फास्ट छोड़ रहा हूं देख ले देख ले नहीं हो पाएगा बोलो चलो मास लोग अपनी निकाल दो दी फैमिली फोटो खिलाजाइड हो पारी भाई टू थाउजेंड ईर्स ले रहा टू थाउजेंड ऊपर। लेटर उस लड़की मैं अपना वीडियो नहीं निकालू तेरे निकालू बस है मेरे पास कंटेंट नहीं है चल बे मैं निकालू तब नहीं लग गई नहीं लग। इसको करते अभी भी पीछे खड़े खड़े हो हो पहले कर ये अभी। उतर रहा हूँ भाई ये काफी डेंजरस है चाहिए। मुंह में मत भी ढूंढ लेंगे चल। तो अब मिशन बन चुका है मिशन मम्मी ढूँढो तो अब मिशन मम्मी ढूँढो फोन पे चालू हो चुका है अभी मैंने हाथ पे कैमरा। मतलब कैमरे पे हाथ रखे हाथ पे कैमरा बोला हूँ तो अभी बोलो ढागे ढागे दा, बोल रहा मैं ढाबे के पास पहुँच चुके हैं तो अभी हम लोग को अभी वहीं जाना होगा और हम दोनों को थोड़ा ही रास्ता पता है इसको तो पता भी नहीं मेरे को ही पता, पता है थोड़ा कुछ भी नहीं पता इसको कहाँ पर है बता मैं गई ये तो पता है कि नहीं है ये मोटी मोटी बिल्डिंग है ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की आई थिंक तो अभी मैं सीधा ऐसे चुटकी बताते टेलीपोर्ट करूंगा वन टू थ्री मनहूस लड़की क्या है अपने यूट्यूबर एक चैनल कुछ भी डालती है नहीं मनहूस की मेरे को टेलीपोर्ट टेलीपोर्ट नहीं नहीं हुआ तो के लगती मेरे नहीं हुआ तो पर अब आउंगा वन टू थ्री कुछ ओके okay. टेलीपोर्ट सक्सेसफुल अब चलते हैं अब तो बंद कर ले कॉपीराइट आ जाएगा मनुषिया मत बजाया कर लेट्स लेट्स गो गो यो मोटी मोटी रुको आई मीन चलो ना आ गए हम एकदम आम लिखा है मतलब आर्टिफिशियल नाम है सांप ना होगा इधर बेटे यहाँ अब यहाँ से आएगा मोटा वाला वाला है ना, हमारा खा जाएगा उसको नहीं देख लो भाग जा रही है, <laughs> कैसे वाले I mean, वाला गाना तो नहीं है नहीं तो मेरे पे कॉन्ट्रवर्सी हो जाएगी मतलब कैसे मनहूस तरीके से मैं गाता हूँ पौंड पड़ा है पौंड पड़ा नहीं मतलब पौंड है पड़ा थोड़ी होता है पौंड चल। कुछ बोल रहे क्या? नहीं नहीं बोल बोल रहे हम बोल रहे और देखो देखो पीछे ओके तो हम लोग को आगे तो जाने दिया नहीं पर हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं कितना कचरा करके रखा भाई ये लोग स्वच्छ भारत अभियान ये लोग को तो पता है ही नहीं कुछ यार क्या है ये सब तो वो रही हमारे वाले जगह बली भी नहीं। और उधर तक पहुँचने में एटलीस्ट हमें पंद्रह मिनट तो लगेंगे तो मैं अब सीधा टेलीपोर्ट करने वालों ये लोग भी मैं सीधा टेलीपोर्ट सोचे लगे अगर आपको आज की चैनल पर सकता क्या है भाई सोचे लगे अगर आपको आज की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और हम ऐसी चैन पर